एक ही बचा था सबने वो भी हम हार के आए हैं इक तेरे के सदके, सब खुशियां वार के आए हैं रंग आंखों का तेरी यादों सा वो लहजा तेरी बातों का वो खुशबू तेरे आने की वो धागा तेरे वादों